हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रवीण आज हम देखेंगे कि वेलफेयर और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है सबसे पहले हम वेलफेयर की डेफिनेशन देखेंगे द हेल्प एंड केयर दैट इज गिवन टू पीपल हु है प्रॉब्लम विद हेल्थ मनी food etc एक्सेट्रा अर्थात हम लोगों को या व्यक्ति को जो समस्या में है हो सकता है मैंटली हो फैशली financial, फाइनेंशियली हो उसको हम मदद करना उसका केयर करना अर्थात वेलफेयर उसके बाद हम देखेंगे डेवलपमेंट की डेफिनेशन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग स्ट्रॉगर बेटर एक्सेट्रा इसका मतलब एक है कि कोई भी व्यक्ति या देश या ग्रुप कम्युनिटी एक ऐसे प्रोसेस में होते हैं जिसमें वो बेहतर बनते जाते हैं अच्छे बनते जाते हैं दिन पर दिन इसको हम उदाहरण से समझेंगे मान लीजिए ये दो तो संभाल हैं ग्र, ग्रोथ के हम इसमें देखेंगे कि ग्रोथ कौन कौन से ग्रोथ होने चाहिए और उसका टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है इसमें हम सबसे पहले देखेंगे फिज़िकल ग्रोथ फिज़िकल ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है अगर ग्रोथ सही से नहीं हुआ तो उसके हम परिणाम देख सकते हैं कि वो अच्छे से बोल नहीं पाएंगा चल नहीं पाएगा क्योंकि उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं हुआ दूसरा हम देखेंगे कि एक बच्चा मेंटली भी ग्रोथ होना चाहिए ताकि वो कोई भी सिटेशन के समय ओवर रिएक्ट ना करे राइट उसके बाद हम देखते हैं तीसरा मोरली कोई एक बच्चा हो जो मोरली भी उसका ग्रो होना चाहिए ताकि वो समाज में बड़े लोगों के सामने फंक्शंस में कार्यक्रम में स्कूल में कॉलेज में जब वो बैठे तो एक सही बात करे, नहीं तो जो मोरली डिस्टर्ब जो बच्चा रहता है वो अक्सर गाली देता है अब करता है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मोरली ग्रोथ होना चाहिए चौथा हम देखेंगे कि सोशली भी उसका ग्रोथ होना चाहिए कि सोशल के लोगों का क्या मानना है किस तरह रहना चाहिए एथिक्स क्या है समाज की उन सारी चीज़ों को देखते हुए उसे चलना चाहिए और अगर ग्रोथ सही से हुआ तो वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में चला जाता है और अगर उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं हुआ तो उसको सोशल सर्विस की ज़रूरत पड़ती है सोशल सर्विस के द्वारा उसको डेवलपमेंट तक पहुँचाया जाता है उसी तरह और एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे जैसे हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है तो हमें ग्रोथ करने की बहुत ज़रूरत है क्या क्या ग्रोथ करना चाहिए हमें इकोनॉमी हमें ग्रोथ करने की बहुत ज़रूरत है साथ ही साथ फाइनेंशियली और टेक्नोलॉजिकली हमें बढ़ना चाहिए जब हम ग्रोथ करेंगे और कम्युनिकेशनली और फिज़िकल हमारा देश अगर स्वास्थ्य रहेंगे अगर इसमें हम ग्रोथ करेंगे तो हम डेवलप होते जाएँगे और साथ ही साथ ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉपर समय पे ग्रोथ होना चाहिए और टाइम पे होना चाहिए प्रॉपरली होना चाहिए टाइम पे होना चाहिए अगर ये नहीं हुआ तो डेवलप करने में हमें समस्या आती है इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ग्रोथ समय पर होना चाहिए और प्रॉपरली होना चाहिए थैंक यू